हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत सारी प्लानिंग करते हैं कि लाइफ में ये करना है वो करना है लेकिन कई बार बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हो ही नहीं पाता तो तब स्ट्रेस और डिप्रेशन और टेंशन हमें आकर घेर लेते हैं तो अगर आप भी इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं ऐसे हालात से गुजर रहे हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि आखिर जैसा आप सोचते हो वैसा होता क्यों नहीं है अगर आप ध्यान से इसके ऊपर गौर करेंगे तो आपको इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर मिलेगी हालांकि आपने हमेशा बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को यह कहते हुए बार बार सुना होगा कि जो आप चाहते हो वो आप हासिल कर सकते हो लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता इस वजह से आप लोग कई बार अपनी जिंदगी में प्यार शादी पैसा नौकरी जैसी चीजों के लिए बहुत जतन करते हो यहां तक कि कुछ ढोंगी बाबाओं के चंगुल में भी फंस जाते हो जिसकी वजह से आपका पैसा और टाइम दोनों ही चीजें बर्बाद होती हैं तो सबसे पहले आपको यह बात समझनी होगी कि यह दुनिया ना तो आपने बनाई है और ना ये आपके कंट्रोल में है इसलिए कुछ चीज़ों पर आप बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते और कुछ चीज़ों पर आप कंट्रोल कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आप बाज़ार जा रहे हो लेकिन रास्ते में पीछे से कोई आपको बाइक या स्कूटर वाला टक्कर मार गया तो ये जो दुर्घटना हुई वो आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है फिर आपके कंट्रोल में है क्या तो आपके कंट्रोल में ये है कि आप जो उस टाइम क्लिनिक या हॉस्पिटल में जाओ और जो आपको चोट लगी है उसका इलाज करवाओ इसी तरह आपको लाइफ में भी काम करना है वो चाहे घर हो गाड़ी हो बिजनेस हो या पैसा हो उन सब के लिए आपको एक्शन लेने होंगे अपने एफर्ट्स लगाने होंगे लेकिन साथ ही साथ आपको ये बात भी समझनी होगी कि आपके लगातार एफर्ट्स के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज़ आपको मिल ही जाएगी तो आपको चाहिए कि इन सब बातों को लेकर अपनी समझ बनाओ कि हर चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते और जिस दिन आपको ये समझ आ गई आप तब शिकायत करना छोड़ दोगे खुद को ब्लेम देना छोड़ दोगे और तब आपकी जिंदगी आपके लिए आसान हो जाएगी इसके लिए हम आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं मान लीजिए आप जॉब करना पसंद नहीं करते और आप चाहते हो कि आप कोई बिजनेस कर लो तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी यह समझ बनानी होगी कि बिजनेस में आपको रातों रात सक्सेस नहीं मिल जाती और ना ही आप बहुत तेजी से अमीर बन सकते हो क्योंकि आपको कदम कदम पर फेल्यर का नाकामी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बिजनेस की लाइन ही ऐसी है कि जिसमें एकदम से आपको कामयाबी नहीं मिल सकती इसमें स्टार्टिंग में आपको 100% अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते तो इन सब चीजों के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ता है इसी तरह से बिजनेस के अलावा दूसरी चीजें जैसे कि करियर रिलेशनशिप भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर आप थोड़े से अपने एफर्ट्स लगाने के बाद यह सोचते हैं कि आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है क्योंकि लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ अचीव करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं आपको बार बार कोशिश करनी पड़ती है पर आप यहां इस बात को भी समझ लीजिए कि जब बार बार आप किसी काम को करने का ट्राई करते हैं तो वो आप एक ही बार में परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते आप बार बार गलती करोगे और अपनी गलतियों में सुधार करके ही खुद को परफेक्ट बना सकते हो इसे आप यूं समझिए कि मान लीजिए अगर आप कोई नई नई कार खरीदते हो तो जब पहली बार आप ड्राइविंग सीट पर बैठोगे तो उस टाइम आपको यह बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपको कार किस तरह से स्टार्ट करनी है लेकिन जब आप इसे चलाना सीखोगे और अपना काम और अपना पूरा फोकस रखोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कार किस तरह से स्टार्ट करनी है किस तरह से कंट्रोल करनी है किस तरह से उसे चलाना है कब गियर चेंज करना है कब ब्रेक लगाना है यानी आपको कुछ भी करने के लिए परफेक्ट होना पड़ता है तो जब आप अपनी गाड़ी चलाओगे पूरा परफेक्ट होकर तो वो आपके कंट्रोल में होगी लेकिन अगर कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है अगर अब भी आपको लाइफ का ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है तो इसके लिए आपको हम एक पैरामीटर के थ्रू समझाते हैं देखिए चीजें जो आपके कंट्रोल में हैं और चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है एग्जाम के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई करना पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है लेकिन इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आप उसमें फेल होते हो पास होते हो या फिर टॉप करते हो उसका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना आपके हाथ में है आपके कंट्रोल में है लेकिन यह आपके कंट्रोल में नहीं है कि आपको वहां से फायदा ही होगा बिजनेस शुरू करना आपके कंट्रोल में है लेकिन यह आपके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वहां से प्रॉफिट होगा या फिर लॉस तो इसलिए लाइफ में जब ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपके सारे एफर्ट्स नाकाम हो जाए तो तब आपको सिर्फ यह याद रख लेना है कि आपको अपना कर्म करना है फल की इच्छा नहीं क्योंकि यह आपके कंट्रोल में है ही नहीं और जिस दिन आपने इस सच को एक्सेप्ट कर लिया उस दिन आप अपनी जिंदगी में परेशान होना छोड़ देंगे और खुशी से जिएंगे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर हां तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए अभी के लिए इतना ही अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद